जहाँ आवाम के खिलाफ साजिशे हो से, जहाँ बेगुना हाथ धो रहे हो जान से जहाँ लब्ज अम एक खौफनाक राज हो जहाँ कबूतरों का सरप्रस्त एक बाज हो वहाँ न चुप रहेंगे हम कहेंगे हाँ कहेंगे हम